जिस रिश्ते में बार बार सफाई देना पड़े अक्सर वह रिश्ते साफ़ हो जाया करते हैं जहाँ यादें न हो वो लम्हे किस काम की जहाँ एहसास न हो वो प्यार किस काम की घमंडी नहीं हूँ साहब, बस जहाँ अपनी कदर न हो वहाँ अपनी बातें रखा न करते पैसे कमाने के लाखों रास्ते हैं पर बचाने का एकमात्र रास्ता उनका दुरुपयोग न करे मुश्किल से मुश्किल वक्त भी खुशहाल हो जाता है जब बुज़ुर्गों का साया होता है गलत को नजरअंदाज न करे सही का दिखावा न करे क्योंकि वक्त हर चीज़ को साबित करने का